जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि 26 सितंबर से हमारे YouTube चैनल प्रारंभ हो चुके हैं आज 29 सितंबर यानी कि तीन दिन हो चुका है ठीक है तीसरा दिन है आज यानी कि नया बेच प्रारंभ हो चुका है जो लोग छात्रावास अधीक्षक और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक महीने का कोर्स है बिल्कुल फ्री क्लासेस करा रहे हैं विगत वर्षों का प्रश्न आप सभी के ले लाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर टेस्ट भी लाए हैं ठीक है तो रात आठ बजे और सुबह नौ बजे की क्लासेस लगती है देखिए अगर सुबह नौ बजे की बात करें तो लाइव क्लास हो चुके हैं उस वीडियो को अपलोड मैं कर दिया हम जाकर आप जाके, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है जाके वहां पर जुड़ जाइएगा वीडियो को देख लीजिएगा और लाइव क्लास के बारे में बात करें तो देखिए मैं यार सभी को बताना चाहूँगा कि लाइव क्लास के बारे में जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो नहीं पा रहे हैं तो सबसे पहले उन सभी को कहूँगा कि सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं या चैनल को लाइक नहीं किए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको लाइव क्लास नहीं दिखेगी इसलिए मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा तभी आपको लाइव क्लास दिख जाएगी ठीक है लाइव क्लास में आप चैट कर पाएंगे ठीक है और रही बात आप लोगों के एक नए पर्टर्न के बारे में बताना चाहता था कि देखिए छः सितम्बर सॉरी एक मिनट है ना छः नवम्बर से आपका लिखित पेपर होने वाला है सब इंस्पेक्टर का ठीक है तो उनका एग्जाम छः नवंबर को होगा तो आप सभी ने फॉर्म भरी ही लिया होगा व्यापक निर्धारित फॉर्म भरा जा रहा है सब इंस्पेक्टर सुभेदर प्लाटोर कमांडर का ठीक है तो उनका जो एग्ज़ाम है 6 नवंबर को लिखित पेपर होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उनका मैं सिलेबस आप सभी को मैं बता सकूँगा अगर वो उसबस आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिएगा वो भी जाके आप देख सकते हैं साथ ही अब बात करने वाले गणित की समय के बारे में तो गणित की क्लास स्टार्ट होने वाली है देखिए दोस्तों अभी लाइव क्लास आपको गणित की क्लासेस कराएगी दो से तीन दिनों के अंदर आपको गणित की क्लास स्टार्ट हो जाएगी जैसे कि देखिए यहाँ पर छात्रा शिक्षक और सब इंस्पेक्टर यानी कि दोनों ही कक्षाओं के लिए प्रारंभ हो चुकी है नए समय पर गणित क्लास दो से तीन दिन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है ठीक है साथ ही बात करें तो दो दिनों का क्लास मैं अपलोड कर चुका हूँ ठीक है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा उस वीडियो को देख लीजिएगा छात्रावास अधीक्षक और सब इंस्पेक्टर की क्लास दोनों ही के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास अपलोड हो चुकी है और छत्तीसगढ़ के लिए देखिए मैं आप सबको बताया था कि दोपहर तीन बजे आने वाली थी वो कैंसिल कर दी गई ठीक है कल सुबह वो दोपहर तीन बजे को कर दिया जाएगा ठीक है दोपहर को तीन बजे क्लास होगी दल्हा पहाड़ से और छत्तीसगढ़ नदियाँ पहाड़ से पर्वत से पूछे जाने का प्रश्न देखने को मिलेगा जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य विद्यार्थियों को यह लाभ मिल सके आज के लिए इतना ही धन्यवाद